हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मई हूँ अबुल चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप अपना पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हैं जिसे आप अपना कंप्यूटर को लैपटॉप को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं इसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना है बस मैं आपको बताऊंगा मेनुअली सिंपल स्टेप बाई स्टेप कि आपको अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कैसे करनी है चाहे विंडो सेवन हो या विंडो एट या विंडो टेन आप किसी का भी बुटेबल बना सकते हो अपना पेन ड्राइव चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप अपना पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कीजिए देखिए मैं अपना पेन ड्राइव को मैं अपने कंप्यूटर में लगा रहा हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करनी है ठीक है अब मैं अपना पेन ड्राइव को यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ ये देखिए ये मेरा पेन ड्राइव यहाँ आ गया है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ ये पेन ड्राइव को फॉर्मेड करता हूँ सबसे पहले आप अपना पेन ड्राइव को राइट क्लिक कीजिए राइट right क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद जो आपका पेन ड्राइव है उसको आपको एन टी एफ करनी है एनटीएफएस टी एफ एस कर दीजिए आप आपका पेन ड्राइव मैंने एन में, में फॉर्मेट कर दिया उसके बाद इसको क्लोज़ कर दिए देखिए अभी ये मेरा जो पेनड्राइव है ये बिल्कुल खाली है अब आपको क्या करनी है आपके पास विंडो 10 या विंडो सेवेन या विंडो एट का सीडी है उसे आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कीजिए लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी ने भी आप इंसर्ट कीजिए जैसे मैंने देखिए यहाँ पे सीडी मैंने इंसर्ट किया हुआ है अब मैं क्या करता हूँ कि अपने सीडी पे जो रॉन है उस पे मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पे यहाँ करनी है आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको बूट में जानी है बूट में जाने के बाद बूट सेक ये फाइल देखिए बूट सेकॉप क्लिक करनी है यहाँ पर इसको कॉपी करनी है कॉपी करने के बाद आप एगेन आ जाइए अपने पेन ड्राइव में और यहाँ आगे कॉपी कर दीजिए ठीक है उसके बाद ये फाइल आपका पेन ड्राइव में कॉपी हो गया है उसके बाद फिर से अपना सीडी ड्राइव के अंदर आइए और फिर से इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको पूरे को कॉपी कीजिए पूरे को कॉपी करने के बाद कॉपी हो गया है और फिर से अगेन आप फिर से अपने पेन ड्राइव में जाइए और सबको यहाँ पर कापी कर दीजिए ठीक है यहाँ पे ये सारा कॉपी कर दीजिए ये आपका प्रोसेसिंग कॉपी होने वाला लग रहा है ये सारा फाइल कॉपी हो जाएगा चलिए 99% हो गया है अब हो जाने के बाद फिर आपको बताऊंगा आगे गया स्टेप फिर उसके बाद आगे आपको क्या करेंगे आप ये मान लीजिए आपका पेन ड्राइव वोटेबल बन तैयार हो गया है बस आपको थोड़ी सी और इंतज़ार करनी है ये देखिए सारा फाइल आपका यहाँ पे कॉपी हो गया है अब क्या करनी है आपको बैग जानी है बैग जाने के बाद ये मेरा जो सीढ़ी लगाया हुआ है ये मेरा पेन ड्राइव है जो जिसमें सारा डेटा भी डालेंगे अभी मैं क्या करता हूँ देखता हूँ कि मेरा इमेज इसमें आया है या नहीं हुआ अब मैं पेन ड्राइव को रिमूव करता हूँ एक बार उसके बाद फिर से एक बार इन करता हूँ इन करने के बाद वही देखिए इमेज और ये इमेज की दोनों इमेज सेंड हो गए इसका मतलब है मेरा पेनड्राइव बूटेबल हो गया है आप पेनड्राइव को कंप्यूटर में लगाइए और उसे री कीजिए कंप्यूटर को और प्रेस कीजिए F12 बटन उसके बाद सिलेक्ट कीजिए अपने पेनड्राइव का नाम उस इंटरपेस कीजिए आपका कंप्यूटर बूट कर जाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा तो मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर वीक इंटरनेट मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे